कस्त्र नमस्त्र नमस्त्र कस्त्र ईया माया माया या ओ माँ या या क्या चीज था भाई गर्भ आदमी <laughs> <tutum> <tutum> <tutum> <tutum> <tutum>